नमस्कार और आप देख रहे देखें इम्फाल पर पिछले साढ़े छः सालों में निरंतर हरियाणा में पेपरलेस फेसलेस और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज एक बार फिर से ई e गवर्नेंस से एम गवर्नेंस की दिशा में बढ़ते हुए जन सहायक आपका सहायक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है इस ऐप के माध्यम से गवर्नेट टू सिटीजन यानी जी टू सी टू सिटीजन यानी बी टू सी सेवाओं की कहीं पर भी कभी भी किसी को भी डिलीवरी सुनिश्चित होगी सरकारी इस के माध्यम से मोबाइल गवर्नेंस को सही अर्थों में लागू करने जा रही है इसके बाद मुख्यमंत्री ने 20 साल से अधिक समय से किराए या बीज पर अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकियत उन सभी काबिज व्यक्तियों को देने की घोषणा के अनुरूप आज मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल एक बार फिर से लॉन्च कर है इस पोर्टल पर पात्र लाभार्थियों को आवेदन करना होगा काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट पर कम रेट की अदायगी भी करनी होगी इसके अलावा गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवाएं जी जैसे सरल सेवाएं, विभागावार सेवाएँ उपभोक्तावार सेवाएं तथा जन शिकायतें एवं आरटीआई इन सभी को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया गया है उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा है कि निवेदाएँ बिल भुगतान यात्रा नौकरियां, खेल आधारभूत संरचना और कौशल विकास समेत अन्य सेवाओं की जानकारी भी इस एप्लीकेशन के जरिए आसानी से प्राप्त की जा सकेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्व राष्ट्रों की भूमि आदान प्रदान के आदेश भी जारी किए थे इसके अलावा भी पालिकाओं में काफ़ी जमीने अलग अलग टुकड़ों में दीदेमान हैं जिनका कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है इन अवैध इन पर अवैध कब्जा होने की संभावनाएँ हमेशा बनी रहती है इसलिए इन जमीनों को बेचने के लिए पालिकाओं को अधिकार देने का निर्णय लिया गया है इससे इन जमीनों पर अवैध कब्जे की आशंका नहीं रहेगी और पालिकाओं की वित्तीय स्थिति भी मजबूत हो जाएगी उन्होंने कहा कि इन जमीनों के मूल्य निर्धारण की व्यवस्था बनाई जाएगी और तय कीमत पर ही आवेदन मांगे जाएंगे चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट आज दो पोर्टल्स आपके सामने अभी लॉन्च किए गए हैं उसके बारे में विस्तार से बताया भी गया है पहला इसमें था जन सहायक हम लोग देखते हैं कि सरकारी सेवाएं, बहुत सी ऐसी योजनाएं, बहुत से विभागों की अपनी वेबसाइट्स बहुत इमरजेंसी की सेवाएं, इतना बड़ा ये संसार हो गया है ऑनलाइन का कि हर किसी को उसके प्रॉपर एड्रेस के साथ याद रखना फिर उसको ढूंढना, फिर उस पर जाना अपने आप में एक बड़ी एक्सरसाइज हो गई है ये तो इस सारी एक्सरसाइज को सरल करने के लिए हमने एक ही जो ये बनाया है होटल जन सहायक पोर्टल ये जन सहायक पोर्टल एक प्रकार का यो कह सकते हैं गेट कि गेटवे ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट की कोई भी सेवा सर्विस योजना या किसी भी विभाग से जुड़ी हुई कोई जानकारी हमारे अपने मन में आई हुई जो सुझाव हैं कुछ डिमांड्स हैं कोई कोई भी बात रखनी होगी तो इस गेट ऑफ हरियाणा यानी जन सहायक के माध्यम से आई टी कह सकते हैं तो एक इसमें जाने के बाद हमको हर चीज़ प्रॉपर स्थान के ऊपर मिलेगी और ये अच्छी बात है कि दोनों भाषाओं में दुई भाषी मोबाइल मुग, ऐप है ये अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में आ, जी गवर्नमेंट टू, टू सिटीज़न ये सेवा रहेगी गवर्नमेंट की जितनी सेवाएं हैं सिटीज़न के लिए वो इसके माध्यम से ये प्राप्त की जा सकेंगी इसमें नौकरियाँ हैं इसमें टेंडर्स हैं इसमें आगामी कार्यक्रम की जानकारी है बिलों का भुगतान है प्रेस विज्ञप्तियाँ यानी आपको जितनी प्रेस विज्ञप्तियाँ भी, भी इसके माध्यम से जो प्रेस नोट्स हैं वो भी इसके माध्यम से वैसे तो जो रूटीन में जाते जाएंगे ही लेकिन इसके माध्यम से भी मिल जाएंगे और जो नई नई जितने भी इन्फॉर्मेशन हैं वो भी आपको इसमें मिलती जाएगी कैलेंडर्स साल भर का वो इसके अंदर लोड होगा जो हरियाणा की दूरभाष निर्देशिका जो भी हर सरकारी कर्मचारियों का जो हमारी डायरेक्टरी है उसका भी इसके अंदर पूरा उल्लेख होगा और इसमें किसी भी तरीके से उसके नाम से विभाग से श्रेणी से किसी ज़रूरत के हिसाब से सर्विस के आ, कोई भी जो नाम होगा उसमें कोई एक कोई शब्द भी उसमें डालेंगे तो सर्च की ऑप्शन बहुत एक फ्रेंडली बनाई गई है कि आपको मानो कोई चीज़ नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी तो सर्च में भी आप एक शब्द डालेंगे वो शब्द जहाँ जहाँ जिस जिस ऐप में उपयोगी होगा वो सारी ऐप्स आ सकते हैं उसमें आप फिर संबंधित जो ऐप आप आपने आप ढूंढनी है पोर्टल ढूंढना है वेबसाइट ढूंढनी है वो संबंधित उसमें से आप ढूंढ सकते हैं तो इस प्रकार से एक इज़ ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं इज़ ऑफ लिविंग में ये होता है कि मनुष्य जीवन का सिटीजन का कैसे जीवन सरल बनाया जाए उसकी जो ऊहा होती है वो बहुत सी जानकारियों के अभाव में वो होता है तो ऐसी जानकारियों के अभाव में परेशान ना हो तो एक सरल एक ऐप बनाया गया है और इस नागरिक सर पोर्टल के माध्यम से जो सेवाएं दी गई हैं वो भी बताई गई हैं इमरजेंसी सेवाएं हैं जिसमें आ, 112 वन कॉल है 100 आ, 100 पुलिस की कॉल है 108 जीरो एम्बुलेंस की है 101 फायर की है 104 हेल्थ की है 1091 महिला हेल्पलाइन है 1098 बाल हेल्पलाइन है 1075 कोविड 19 हेल्पलाइन है ये सारी हेल्पलाइंस जितनी भी हैं फटाफट आप उस आवश्यकता के हिसाब से जाएंगे तो आपको हेल्पलाइन वही मिलेगी आपको नंबर याद नहीं भी है तो उस सेवा की हेल्पलाइन आप उसको टिक करेंगे तो मिल जाएंगी सारी अन्य सेवाएँ जैसे वो मैंने सब बताया है तो रोजगार के समाचार हैं वो भी इसमें मिला करेंगे कोई नौजवान हैं जिसको रोजगार की आवश्यकता तो रोजगार मिलेगा कोई विद्यार्थी है उसको अपनी परीक्षाओं के नाते से जो जानकारी हरियाणा से संबंधित हमारे बोर्ड्स हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जानकारियाँ है, वो भी इसमें मिलेंगी तो ऐसी सब जानकारियों की जो घोषणाएं होती हैं समय समय पर सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणाएं की जाती हैं उन घोषणाओं की नवीनतम जानकारियाँ वो भी इसमें अपने को सब मिलेंगी समय समय पर जो नोटिफिकेशन हम नोटिफाई करते हैं नोटिफेशन निकालते हैं तो वो नोटिफिकेशंस भी इसमें समय समय पर सब आती रहेंगी और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या कोई एज ग्रुप या कोई कैटेगरी ग्रुप ऐसे अलग अलग ग्रुपों के हिसाब से भी उनको कोई नोटिशन भेजना होगा तो भेजा सक, जा सकेगा हम मान लो सरकार की ओर से चाहते हैं कि किसी एक ज़िले को हमने नोटिफाई करना है वो भेज सकेंगे किसी एज ग्रुप को मानो यंग हैं पंद्रह साल से पच्चीस साल पंद्रह साल से पैंतीस साल को एक नोटिशन भेजना वो भेज पाएंगे हमको बुजुर्ग साठ साल से ऊपर के लोगों को सूचना देनी है वो उसी हिसाब से उन लोगों के जिनके फ़ोन नंबर हमारे पास उपलब्ध हैं उनको नोटिसन कर पाएंगे एक बहुत सरल तरीका सरकारी सूचनाओं का भी यह रहेगा कुल मिलाकर प्रत्येक नागरिक के लिए इस ऐप के माध्यम से उनके दैनिक जीवन को कैसे सरल बनाया जाए इसको ध्यान रखा गया है और जैसे जैसे इसका उपयोग लोग करेंगे कुछ सुझाव आएंगे और सुझाव भी उसमें इनकॉरपोरेट हम लोग करते रहेंगे दूसरा पोर्टल वो है शहरी निकाय हमारी स्थानीय निकाय की ओर से बहुत ऐसे बड़ी संख्या अभी तो 16000 लोगों ने अप्लाई किया है मुझे लगता है ये पच्चीस तीस भी हो सकते हैं जिन लोगों ने यू की जो संपत्तियां हैं वो या तो किराए पर ली हैं लीज़ पर ली हैं तेबारी पर ली हैं या लाइसेंस ले करके अपना काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम इसके मालिक बन जाएँ तो हमने स्वामित्व शहरी पहले एक स्वामित्व तो ग्रामीण किया था वो भरतवर्ष में चल रहा है हमने हरियाणा में ही किया केवल अभी तो स्वामित्व तो शहरी कि जिनकी जमीनें अपनी नहीं हैं और वो पैसा आज के कलेक्टर रेट की परसेंटेज के हिसाब से उसमें परसेंटेज रखी है क्योंकि जो जितना पुराना बैठा है उसका मानते हैं उसका अधिकार फर्स्ट राइट उसका बनता है जो पचास साल या इससे ऊपर का कोई आदमी काबज़ है उस जगह पर तो उसको फिफ्टी पर ही आज क्या रेट जो है जो एक जुलाई का कल का जो रेट होगा कलेक्ट्रेट उस एक जुलाई के रेट के ऊपर हर साल का जो एक जुलाई का रेट होगा उस हिसाब से उसका दर बदलता जाएगा तो इससे पचास परसेंट का जो रेट होगा वो पचास साल वाले जिसका बीस साल से ऊपर हो गया बीस परसेंट छूट मिलेगी तीस परसेंट तीस साल से ऊपर तीस परसेंट छूट मिलेगी पैंतीस साल से ऊपर पैंतीस परसेंट मिलेगी चालीस साल से ऊपर चालीस मिलेगी यानी पाँच पाँच साल के गैप पर पाँच पाँच परसेंट की छूट भी उसकी बढ़ती जाएगी तो इस प्रकार से सरलतम और बहुत लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है हमें फीडबैक जो मिल रहा है बहुत ही प्रसन्नता है लोगों में कि हमें यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोगों की जमीन ने ऐसी ली हुई थी उनका भी मालिकाना आज दूसरी तेजी पीढ़ी को मिल रहा है और जिन्होंने 20 साल पहले 25 साल पहले भी ली थी उनकी भी एक पीढ़ी बदल गई है उनको आज मालिकाना का अधिकार मिल रहा है तो इससे बहुत बड़ी प्रसन्नता में हुई है आ, जो पंचायतें नगर में आ गई या पहले नगर सुधार मंडल और मंडी टाउनशिप्स थी उनको भी हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमेटीज़ में मर्ज कर दिया है तो उनकी प्रॉपर्टी जो उस समय दी गई थी उसके ऊपर भी ये लागू होगा तल के हिसाब से रेट्स तय निर्धारित किए गए हैं ग्राउंड फ्लोर यानी भूतल है फिर प्रथम तल द्वितीय तल तृतीय तल उस हिसाब से रेट्स रखे गए हैं मैंने अभी चीफ सेक्रेटरी को कहा एडिशनल सेक्रेटरी को उसमें जो वो है बेसमेंट वो कहीं रह गया है उसकी भी कोई पॉलिसी बनाएंगे बेसमेंट और प्रथम तल मानो अलग अलग व्यक्ति के पास है तो उसका भी आ, इसमें कोई प्रावधान करना होगा एक ही व्यक्ति के पास है तो उसमें समस्या नहीं है उसमें तो जिसका प्रथम तल है उसी के पास बेसमेंट होगी लेकिन अगर उसके मालिक अलग अलग हैं तो उसका कोई प्रावधान ये कर देना चाहिए ताकि कोई भी कठिनाई उसमें ना आए प्रार्थना पत्र का बता दिया गया कि प्रार्थना पत्र इसमें वो डालेंगे कल से एक जुलाई से ये प्रार्थना पत्र लिए जाने शुरू होंगे अब चूँकि संख्या बड़ी है 16000 हज़ार तो आई गए हैं और ज़्यादा भी आएंगे, लेकिन डिपार्टमेंट को एक एक अप्लीकेशन को उसको स्क्रूटिनाइज़ करना होगा उसको चेक करना होगा उसका कब से वो है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे तो सारे के सारे एक, सारे एक साथ करना डिपार्टमेंट के लिए कठिन है तो जो एक महीना बताया कि अप्लाई करने एक महीने के अंदर अंदर वो हम सारा करेंगे तो एक निर्णय इस वेबसाइट के जारी यानी बनाने के बाद हमारा हुआ है उसकी मैं घोषणा करता हूँ कि हर सप्ताह एक हज़ार एप्लीकेशन ली जाएंगी ताकि सप्ताह में अगले उस एक महीने में उस सप्ताह भर की एक हज़ार एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जा सके और फिर अगले सप्ताह सोमवार को नौ बजे फिर खुल जाएगा तो हज़ार जब हो जाएंगे तब बंद हो जाएगा तीसरा सप्ताह सोमवार नौ बजे फिर खुलेगा तो फिर हज़ार के बाद बंद होगा अर्थात सोलह सप्ताह सोलह अगर ये हैं तो सोलह सप्ताह सत्रह सप्ताह ये हमने इसको टैगड़ कर दिया है ताकि जो फर्स्ट कम फर्स्ट शहर में सप्ताह में एक हज़ार के ऊपर उसको बंद करेंगे अगले सप्ताह फिर खोलेंगे तो इसमें लगभग 16 सप्ताह का मतलब है कि ढाई ढाई तीन महीने आ, पाँच सप्ताह रहते हैं तो तीन तीन साढ़े तीन महीने ये अगर यही यही एप्लीकेशन रहती हैं बढ़ती हैं तो वो छः महीने तक भी हो सकता है विवादों का समाधान ये हमारा एक आ, अंडरलाइन एक आ, फ्रेज जिसको हम नोट करें और इसके ऊपर लगातार हम काम कर रहे हैं किसी वर्ग का कोई ऐसा विवाद है कि पॉलिसी बनाने के बाद सुलझ सकता है तो वो पॉलिसी हम बना रहे हैं क्योंकि लगातार सरकारी डिपार्टमेंट्स का सिटीजन्स का लेना देना झगड़े लिटिगेशन बहुत है मैं तो समझता हूँ कि लाखों की संख्या में विवाद हमने सुलझा दिए हैं लाखों की संख्या में अभी और हैं कि बहुत पुराने चल रहे हैं कोई आज शुरू हुआ ऐसा नहीं है तो क्योंकि कोई 20 साल पहले कोई योजना बनी उस समय शायद आ, उसको उस ढंग से नहीं लिया गया कुछ लोगों ने सोचा कि इसमें से कोई और लाल यानी लाभ मिल सकता है उसको उन्होंने पालन नहीं किया या बाद में कोई उनकी कठिनाई आ गई या कई बार एक मानस भी होता है जनता का कि सरकारी चीज़ है क्या फर्क पड़ता है लेकिन अब हम उसको धीरे धीरे उसमें से बाहर निकल रहे हैं हमने सरकारी विभागों को सबको कह दिया कि अब ऑन इंस्टॉलमेंट्स कोई डिपार्टमेंट कोई चीज़ देने के बजाय बैंकों की सुविधा प्रदान कराए कोई चीज़ देनी है इंस्टॉलमेंट पर तो बैंक से वो लोन ले पैसा सरकार को मिल जाए वो जो किस्तते हैं बैंक को वो देते हैं क्योंकि सरकार का, का काम फाइनेंशियल लेने देने का नहीं होता है फाइनेंशियल लेने देने का, का काम बैंकों का होता है सरकार ने तो सुविधा बनाई जनता को सौंप दी आगे बढ़ गए तो इसलिए हम तो ज़्यादा ज़्यादा सुविधाएँ बनाएंगे तो आवेदन करने के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ दस्तावेज लेनी है ये आपको सब बता दिए हैं एक महीने के अंदर अंदर जिसने भी अप्लाई किया उसके ऊपर ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे और अप्लाई करना और ऑब्जेक्शन उस सबको ऑब्जेक्शन के बाद अगले एक महीने में उन ऑब्जेक्शन का अगर कोई है तो उसको समाप्त किया जाएगा जिनके ऑब्जेक्शन नहीं है उनको नोटिस दिया जाएगा कि आप अब पच्चीस परसेंट राशि जमा कराइए तो 25 परसेंट पंद्रह दिन में उनको जमा करानी होगी और उस पंद्रह दिन के बाद फिर प्रोसेस करके बाकी पचहत्तर बैंक दे देगा बैंक से बातचीत हो चुकी है बैंक उनको लोन देगा सेवेंटी अतिरिक्त भवन का जो क्षेत्रफल उसने को निर्माण कर लिया है उस अतिरिक्त क्षेत्रफल के ऊपर भी हज़ार रुपया क्या फाइन है फाइन है नहीं नहीं एडिशनल एडिशनल है लेकिन उस उस लैंड की कॉस्ट तो लैंड के हिसाब से होगी लेकिन अगर जितनी दी थी मान लो सौ गज की दुकान दी थी उसने 25 गज और कर ली और पच्चीस गज पर ऑब्जेक्शन नहीं आया तो पच्चीस गज भी उसी रेट पर जो आज का रेट उस पर देंगे प्लस एक और जुबाना तो उसने उसनेट की है लेकिन अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो डिनाई भी कर सकते हैं कि ये 25 गज सार्वजनिक जगह है लोगों के आने जाने का रास्ता है आपने इसको किया उसको तोड़ दो, तो दोब्जेक्शन तो। तो के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कोई करता और उसने बनाया हुआ तो दी जा सकती है और किसी ने अगर ट्रांसफर नहीं कराया मान लो एक व्यक्ति ने लीज पर ली थी उसको बाद में दूसरे ने ले ली उसी के नाम चलती अरे रिकॉर्ड में आज अगर दूसरा कोई बैठा है तो वो ट्रांसफर कराने के 30000 हज़ार रुपया देगा ट्रांसफर करा लेगा पीरियड वहीं से माना जाएगा जो ओरिजिनल पहली अलॉटमेंट जिसको हुई थी